हेलो गाइस तो आज वीडियो मैं के वीडियो में आप लोगों को मोशन लोग कोशन टेन टेक्स नमेशन प्रिशियट दे रहा हूं जो हालांकि बहुत ही ट्रेंडिंग में है तो गाइस पासवर्ड पर है तो वीडियो को बिना स्किप किए फूल अच्छा तभी आप लोगों को पासवर्ड दिख पाएगा अदरवाइज आप लोगों को पासवर्ड नहीं दिख पाएगा तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना ऐसी एडिटिंग का वीडियो पाने के लिए और इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ वहाँ मैं आप लोग को पासवर्ड सेंड करता हूँ और कुछ मटेरियल भी दे देता हूँ चलिए फिल्मियों को देख लेते हैं